हेलो दोस्तों दो के मिडल में वहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे कोई भी कंपनी काम पर नहीं रखना चाहती थी याहू और एप्पल कंप्यूटर में 12 वर्षों के एक्सपीरियंस के बावजूद उस टाइम इंटरनेट की दो सबसे बड़ी आने वाली कंपनियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया पहले ट्विटर और फिर फेसबुक जब उन्हें कोई अदर कंपनी नहीं मिली जो उन्हें काम आरोप रखे तो उन्होंने एक जोन के साथ मिलकर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जो न केवल क्लाउड बेस्ड मैसेजिंग पर हावी हो बल्कि पूरी दुनिया में इसका यूज किया जाता है जी हाँ यहाँ और कोई शख्स नहीं बल्कि ब्रायन एक्टर है जिन्होंने व्हाट्सएप को लॉन्च किया है व्हाट्सएप को दो में फेसबुक द्वारा लगभग लग 19 मिलियन यू एस डॉलर के किया गया था इसे एक्टन की टोटल नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट बिलियन डॉलर हो गई। ऐसी अमेजिंग वीडियोस तो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ हमेशा याद रखें कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है थैंक्स फॉर वॉचिंग